हाय लॉकडाउन के बाद में ना हाँ. चलो चलो बच्चे खेलते हैं ना? अभी नहीं नहीं कुछ खाते चलो की. जैसे की? नहीं, जैसे कि कि नहीं, नहीं, नहीं, नहीं. हमारे मम्मी पापा डांस अलाउड नहीं करेंगे अरे आर्या टेंशन मत लो हम हम लोग छुपके से पिज्जा पार्टी हाँ। करते है अरे नहीं, नहीं मम्मी पापा हमें पकड़ लेंगे या, या। पास में। हम लोग दुष्यंत भैया के यहाँ चुपके से पार्टी कर। क्या, क्या? क्या से पार्टी करते हैं और अच्छा आइडिया दुष्यंत भैया तो बाहर गया और सोनिया दीदी तो अपने सहेलियों के साथ और वैसे भी मेरे पास दुष्यंत भैया के घर की चाबी हाँ, है ओ ठीक है पहले पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं ओ पिज्जा तो ऑर्डर हो गया चलो मैं अभी दुष्यंत भैया के घर की चाबी चाबी अरे चावी तेरा पापा ने कॉल करके तो कुछ की मुझे उठाता हेलो हेलो पपा मेरी स्टडी टेबल की चाबी भी कहाँ रखी तो मुझे मेरे स्कूल के बुक स्टडी टेबल की चाबी जो तो पता भी नहीं कि वो कैसे दिखती है पापा बाकी के चावियाँ कहाँ रखना है बाकी की कौन से चाबियाँ बाकी की के चाबियाँ मतलब जैसे कि हमारे पड़ोस के चाबियाँ पड़ोस वो तो हमारे चाबियाँ के बॉक्स में रखे तो नहीं है की बाकी की चावी आप कहा रखते हो बाकी के? के के वो तो मैं अपने बेडरूम के के में रखता अच्छा बाय बाय बाय बाय यस भैया के घर की, की चावी मिल गई आर्य को बाई आधे घंटे बाद कितना टेस्टी पिज्जा था पिज्जा तो खत्म तो हो गया चलो जल्दी चलते हैं वरना मैं आ दूंगी बच्चे कला भूल गए भैया भैया हमारे पेरेंट्स को मत बताना है वो भी को नहीं है। वो थी है। मैंने लिया। भी खाना खाना मैं नहीं समझी खा और भाई मेरा चटपटा खाना खाना बंद कर दिया सोने बोला खाया साफ करना पड़ेगा झूठ मत बोलो मुझे पता तुमने पिज़्ज़ा खाया साफ साफ दिख रहा नहीं मैंने नहीं खाया पिज़्ज़ा। मैं तो, तुम्हें से बोला खाना, नहीं खाना है। अगर खाओगे नहीं खाया है नहीं खा सच में झूठ मत बोलो अरे यार नहीं खाया पिज़्ज़ा भाई रुको मेरा नहीं किया नहीं नहीं नहीं किया किया किया तो मैंने मैंने मैंने क्या मत बोलो गया बोला कुछ कुछ तो कुछ okay, नहीं तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैंने आपको था क्या बोला बोला बोला बोला ये ये ये अब हमने इसकी तो पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए और तुम्हें भी उसको माफ कर दो बच्ची है कर दो प्लीज यार मैंने नहीं नहीं ना क्या खाया चलो चलो चलो मेरे नहीं मेरी बात बात मैं मानती तुम्हारी अच्छा क्या माना? क्या खड़े रहती इतना के है और गाने सुनती है का कुछ और बना बनाने चलो चलो चलो आई बड़ी मुझे बोलने वाली